अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबन जिले का मुख्यालय को आदिवासियों का घर कहा जाता है। समाज में महिलाओं को ऊंचा दर्जा प्राप्त है यहां की महिलाएं भले ही शिक्षा से देरी से जुड़ी लेकिन इनके अथक परिश्रम और आगे बढ़ने की ललक ने इन्हें घर बैठे ही प्रगतिशील किसान और कुशल व्यवसायी बना दिया है ये सिरो बस्ती क्षेत्र में रहने वाली प्रगतिशील का से तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो लोग काम करते थे तो उसी से मैं प्रेरणा लिया उनसे में शादी होने का बाद मैंने देखा यहाँ पे इतना सारे लोग फार्मास है लेकिन सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं मैंने सोचा की क्यूँ न मैं कुछ करूं? फिर मैंने मिस्त्र को पूछा नाइन में पूछा कि मैं अपना गांव में रहना चाहती हूं, मैं कुछ करना चाहती हूँ तो बोला की आगे बढ़ाना चाहती हूँ कागो जानती थी की खेती में जैविक परम्परा को बढ़ाने से किसानों को दूरगामी फायदे होंगी शुरुआत में उन्होंने अपने आस पास की बस्तियों की महिलाओं को एकजुट करना शुरू किया और फिर छब्बीस महिलाओं को जोड़ डी स्वयं सहायता समूह बनाया केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़कर कागो और अन्य महिला किसानों की मानो दुनिया ही बदल गई मैंने बोला उन लोगों हमेशा सपना देखना है और जमीन को बिक्री मत करो और जमीन में कुछ ऐसे प्रद मत डालो कि आगे चल के खराब हो इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक वे में हम लोग जाना है कागो काम्पू ने वर्ष दो में सिरो वुमेन फार्मर्स क्लब की स्थापना की कापू की इस मुहिम से आज 1000 से ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं अभी मेरे साथ में 39 सेल्फ हेल्प ग्रुप है 39 सेल्फ हेल्प ग्रुप में 463 मेंबर हैं हम लोग अपना से मैंने सर्वे किया साल में 36 सिक्स आता है हमारे एरिया में ओनली टोमेटो से और अभी टोमेटो से मेरा अपना यहाँ से सिर्फ 6 लैक्स सेवन लैक्स ऐसे मिलता है मुझे ईयरली तो, तो सिर्फ हम लोग का हो और होम स्टे संचालिका भी है तो टू थाउजेंड टेन मैंने पूरा होल ईयर ट्रेनिंग लिया उसमें मुझे प्राइवेट में से भी सिक्किम में भेजा गया है गवर्नमेंट से भी ट्रेनिंग के लिए वन मंथ मुझे सिक्किम में प्रैक्टिकल खेल मुझे भेजा गया एक परिवार को होम इस्टे करके आराम से पाल सकता है कि ये प्योरली बिजनेस है इसको हम लोग अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेना चाहिए क्योंकि यहाँ में डिफरेंस ऑफ आदमी आता है डिफरेंस ऑफ कंट्री से आदमी आता है होम इस्टे टेन डेज भी अगर मंथ में आप साल में पूरा करें उसमें भी मैम कभी कभी आपका एट लेक्स इस बार मेरा फोर लेक्स सेवेंटी आया है तो कभी कभी साल में इससे भी ज़्यादा होता है कागो काम्पू समेत पांच होमस्टे संचालकों को हाल ही में केंद्र की दीनदयाल उपाध्याय स्वावलम्बन योजना का लाभ मिला है इसके तहत इन्हें 50 लाख रुपए का लोन मिला है जिसमें 20 फीसद सब्सिडी हर एक लाभार्थी को मिली है मौजूदा समय में जीरो वैली में 20 से ज्यादा रजिस्टर्ड होमस्टे चल रहे हैं इनमें सभी होमस्टे संचालकों को मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना के तहत 10-10 लाख रुपए तक के ऋण मिले हैं जिसमें 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी गई है म्यूजिक फेस्टिवल है मुरुम फेस्टिवल है मुरूम है, उस समय में हम लोग का यहाँ में होटल मिलना बहुत मुश्किल होता है म्यूजिक फेस्टिवल के लिए तो ये एडवांस बुकिंग हो जाता है टू थ्री मंथ पहले इंडियन टूरिस्ट इतना नहीं आया है तो अभी इंडियन टूरिस्ट भी आया है फॉरेनार लोग ये नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर मार्च उतना ये फॉरेनार लोग आता है अभी ये गर्म सीजन में और ये इंडियन टूरिस्ट लोग ज़्यादा आता है इस तरह जीरो वैली में सरकार की कई योजनाएं संचालित होने से महज कागो काम को नहीं बल्कि यहां के कई लोगों की आर्थिकी और सशक्त हुई है